5 साल की बच्ची बच्ची का इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाना गाया है गाने में से के बिना घर बाहर निकले और कोरोना वैक्सीन जरूरी है आप खुद सुनी है उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है कोरोना को लेकर जहां पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है जिला प्रशासन हो या फिर स्थानीय स्तर के लोग हो कोरोना की जंग में सब लोग शामिल हैं। हमारे साथ बक्सर में है छोटी बच्ची है जो कोरोना को लेकर के गीत बनाई है। इनसे सुनते हैं ये गीत में क्या कुछ कहना चाहती हैं? बाबू आपने गीत के माध्यम से क्या कुछ बना है? है। मैंने एक गाना बनाया बताइए खुद की रक्षा अपनों की रक्षा खबरदार बन समझदार ये बारस है बर मानव मानव से फैल रहा है नमनाओ तुम शादी देश आई भारी तुमको है बचना इस वायरस से से टीका लगवाओ जान बचाओ कोरोना को तुम की आओ खबरदार बनो समझदार ना निकलो तुम घर से बाहर न्यूज़ बक्सर तो देखिए जब ये साल की बच्ची इस बात को समझती है कि घर से बेवजह बाहर निकलने की जरूरत नहीं है कोरोना वैक्सीन लगाकर आप खुद सुरक्षित होते हैं दूसरों को सुरक्षित करते हैं तो ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि इस बच्ची के बोल के जरिए जो भाव